हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जो एम आधार से ही रिलेटेड है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर किसी का आधार नंबर बैंक से लिंक नहीं होता है तो आप उसको कैसे जान सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर हर जगह यही देखा गया है कि ये किसी भी चीज़ में आपका बैंक अकाउंट नंबर लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है कि आपका आधार नंबर से बैंक लिंक है या नहीं है क्योंकि अगर आप कभी पैसे निकालने जाते हैं या ए की सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको अपना आधार नंबर बैंक से लिंक होना ज़रूरी है क्योंकि आजकल भारत सरकार की कोई भी योजना में अगर आपने आधार नंबर अपना लिंक नहीं किया है या आधार से बैंक लिंक नहीं है तो आपको सरकारी सेवाएँ नहीं मिल पाएंगी तो इसके लिए हम आपको बताते हैं एक आसान सा प्रोसेस कि जो आप देख करके जान सकते हैं कि आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं तो चलिए दोस्तों इसे शुरू करते हैं आपको प्ले स्टोर्स पे जाकर के माई आधार माई आधार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो इस वजह से मेरे उसमें इंस्टॉल दिखा रहा है तो आप इसको ओपन कर लीजिए इसके ओपन होते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सोना ही होगा कि बैंक का स्टेटस चेक करने के लिए कहाँ पे है तो आपको यहाँ पे चेक रिक्वेस्ट स्टेटस पे आना है चेक रिक्वेस्ट स्टेटस पे आने के बाद आप देख सकते हैं ये छठवें नंबर की सर्विस है आधार बैंक एसीसी लिंक स्टेटस इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको एंटर आधार नंबर या वीआईडी नंबर दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हैं अपना आधार नंबर डालने के बाद यहां पर आपको जो कैप्चा शो हो रहा है ये कैप्चा आपको डाल देना है इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी आपके आधार पर रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओ भेजा जाएगा आधार के द्वारा उस ओ को आपको यहां पर दर्ज करना है ओ दर्ज करने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है और देख सकते हैं आप योर आधार एंड बैंक अकाउंट स्टेटस ये देखिए आधार नंबर आपका शो हो जाएगा जो कि लास्ट के चार डिजिट ही सो होंगे बैंक लिंकिंग स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव है बैंक लिंकिंग डेट अट्ठाईस ग्यारह दो हज़ार बीस को लिंक हुआ था वो बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक ये आपका सो हो जाएगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट नंबर आपका आधार से लिंक है और एक नंबर एक बैंक अकाउंट नंबर ही एक ही आधार से लिंक होगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से ये प्रोसेस किया जाता है जिन लोगों को जानकारी ना हो वह ये वीडियो को देखें और दूसरों को भी शेयर करें और इसी तरह की हम इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लाते रहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि अगर कोई नया वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचें धन्यवाद दोस्तों